जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आश की पसंद आए तुम ही अब कुछ कहो सुलझाऊ कैसे ये मुश्किल झाओ कैसे मुश्किल झूठ बोल के ही रख लो ना तुम मेरा ये दिल तो तोड़ दे ना तो ही नहीं दे कब से ये दुआ है मेरी रब से तुझे आश में सबसे मेरी आश की पसंद आए मेरी आश की पसंद आए मेरी आश की पसंद आए, आए। कतरा कतरा जी रहा लम्हा लम्हा मर रहा कैसे खुद को मैं संभालू तू बता तेरे दिल है सोना सोना मेरे दिल का कोना कोना तू क्या जाने कैसे इतने दिन जिया कैसे गल को मैं मना नाराज पड़ा है तुझे आश को हम सब से मेरी आश की पसंद आए मेरी आश की पसंद आई